कितना गजब गजब रात अच्छा हमको है है ऊपर नहीं था बॉल <laughs> यही नहीं अभी और सुनिए फोटो खिंचा रहा हमको सिखा रहा है पैर अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो लो बहुत बुरे लग मूड खराब कर दिया का कलर सही <laughs> तो ये दुख खत्म नहीं होता बे मैं फोटो फोटो अच्छा नहीं तो तो <laughs> रहा है ऐसा चीजें की तस्वीर रहता है ना, ना, ना, ना, ले बैठ बैठ उस पे नहीं रिट्रीटिंग अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या भाई जी भाई भाई ये तो ये बाथरूम बोल रहा है यार पकड़ ले उसको सामने लगी थी